मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है या आईडी को रजिस्टर्ड करते समय कोई भी मिस्टेक हो गया है तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारना है इसके अलावा यदि ऑनलाइन आपका केवाईसी नहीं दिखला रहा है और रॉन्ग बतला रहा है कि आपका क्या मिस्टेक है यूट्यूब चैनल एसकेपीएस आयुर्वेदा में दोस्तों आज का वीडियो जो है काफी खास होने वाला है बिकॉज आज का जो वीडियो है आईडी करेक्शन से रिलेटेड और केवासी से रिलेटेड बनाया गया है क्योंकि कल मैंने जो वीडियो बनाया था बैंक अकाउंट हम कैसे चेंज करें एडब्ल्यू कंपनी में तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए थे जैसे कि यदि डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गया है तो उसको हम कैसे करेक्ट कराएं इसके अलावा मोबाइल नंबर यदि चेंज करवाना है तो उसको कैसे करें ये सारी बातों की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देने के लिए कहा गया था तो आज का जो वीडियो है खास उन सभी व्यूवर्स के लिए है और वैसे भी व्यूअर्स जो नहीं जानते हैं इसके बारे में उनके लिए आज का वीडियो बनाया गया है तो आज का वीडियो में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि आईडी में यदि आप कुछ मिस्टेक कर दिए हैं जैसे मान लीजिए कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते समय डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक कर दिए हैं या नेम मिस्टेक कर दिए हैं जो आधार नंबर पे नाम दिया हुआ है आप नाम सही नहीं डाले हैं और आईडी जो है रजिस्टर्ड हो गई है यूजर आई और पासवर्ड आपको कंपनी के द्वारा मिल गया है बट ऑनलाइन जो के है उसका वो अप्रूव्ड नहीं दिख रहा है बिकॉज वहाँ कुछ रॉन्ग है मिसमैच है तो इन सब चीज़ों को हम कैसे चेंज करेंगे कैसे करेक्शन कराएंगे तो ये सारी बातें इसके अलावा मोबाइल नंबर जो है कभी कभी क्या होता है कोई दूसरा आदमी भी रजिस्ट्रेशन जब कर रहा है तो मोबाइल नंबर उसमें भर देता है तो हम अपना मोबाइल नंबर कैसे उसमें करेक्शन के लिए डालेंगे ये सारी बातों की जानकारी आज के वीडियो में दी जाएगी तो आइए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले दोस्तों यदि चैनल में नए हैं आप तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो समय समय पर आपको मिलता रहे तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं हूं आपका दोस्त अनंत और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल एस्कलेपियस आयुर्वेदा में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आई हमने रजिस्टर्ड कर ली है और उसमें मान लीजिए सपोज दैट डेट ऑफ बर्थ जो है वो मिस है तो इसका करेक्शन करे, कैसे कराएंगे तो हमको क्या करना होगा सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ जो प्रूफ है वो हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते समय की आधार को ही हमने डेट ऑफ बर्थ प्रूफ दिया है तो आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है और जो हमने रजिस्ट्रेशन करते समय भरा है उसको मिला लेना है मिसमैच है इसका मतलब कि उसमें थोड़ा सा हमने गलती किया है तो आधार को आपको रखना है सिग्नेचर करके फोटोकॉपी कॉपी करा के सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टर करके रख लेना है स्कैन करके अब करना क्या है कंपनी की मेल आई डी करेक्शन की मेल आई आपको तो यूज करनी है कंपनी की आई करेक्शन एट इस मेल एड्रेस पर जाकर आपको मेल करना है और मेल में क्या करना है आपको अपना नाम बताना है जो यूजर आईडी है आपका यूजर आईडी डालना है इसके अलावा आपसे क्या गलती हुई है वो बताना है और उसको बताने के बाद सही जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी लिख देना है और उसके बाद सपोर्टिंग अटैचमेंट में क्या करना है अपना आधार का जो अटैचमेंट है जो आपने सेल्फ अटेस्टेड करके स्कैन करके रखा है उसको अटैच कर देना है अटैच होने के बाद क्या हुआ कि जो भी आपने आई में गलती किया था जो डेट ऑफ बर्थ आपका मिस था विद इन ट्वेंटी आवर्स वो जो रॉन्ग था उसको करेक्शन कर दिया जाएगा कंपनी की तरफ से इसके अलावा मोबाइल नंबर भी है तो मोबाइल नंबर भी चेंज करा सकते हैं यहीं से और नहीं तो दूसरा जो ईमेल आईडी है वो है के इस मेल एड्रेस पे भी जाके अपना मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं जिस पर बैंक खाता भी हम लोग चेंज करा सकते हैं सेकेंड थिंग की बहुत सारे वीवर्ड्स बोलते हैं कि हम जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आधार में जो नाम है और रजिस्ट्रेशन करते समय उसके फॉर्म फिलअप करते समय उसके नेम में हमने मिसमैच कर दिया उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे तो उसके करेक्शन के लिए भी आपको आईडी करेक्शन मेल एड्रेस पे कंपनी के जो मेल एड्रेस है आईडी डी करेक्शन एट द रेट इस मेल एड्रेस के द्वारा आपको मेल करना होगा और uh, जो नेम का प्रूफ है जो कि आधार कार्ड का फर्स्ट कॉपी है और उसको हमको कंपनी को अटैच uh, करके जो सेल्फ अटिस्टेड आपने करके रखा है उसको अटैच करके भेजना होगा तो ये सारी जानकारी थी टेक्निकल uh, बहुत सारे व्यवर जो हैं उनको नहीं मालूम है ये जानकारी और आई होप आप सभी जान गए होंगे कि मोबाइल नंबर कैसे चेंज करना है या आईडी को रजिस्टर्ड करते समय आ, कोई भी मिस्टेक हो गया है तो उस मिस्टेक को कैसे सुधारना है इसके अलावा यदि ऑनलाइन आपका केवाईसी वाई अप्रूव्ड नहीं दिखला रहा है और रॉन्ग बदला रहा है कि आपका क्या मिस्टेक है वो सारा भी आपने सीख लिया कि कैसे हम उसको ऑनलाइन अप्रूवल के लिए उसको भेज सकते हैं कंपनी के द्वारा तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर कीजिएगा जो दोस्त नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलते हैं इसी तरह के नए अपडेट, नए वीडियो नई जानकारी के साथ धन्यवाद